डिंडोरी में कलेक्टर विकास मिश्रा अचानक परिवहन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे जहां कार्यालय से अधिकारी हीन अदारत मिले वहीं जब मोटर मालिकों की लंबी कतार कलेक्टर ने देखी तो पता चला कि आरटीओ अधिकारी मनमाने ढंग से अवैध वसूली कर रहे हैं जिसके बाद कलेक्टर ने फोन पर आरटीओ अधिकारी आर एस चिकवा को जमकर फटकार लगाई डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे जहां दफ्तर से अधिकारी नदारत मिले और कलेक्टर को देखते ही दलाल फरार हो गए इसी दौरान परिवहन कार्यालय परिसर में खड़े मोटर मालिकों से जब कलेक्टर ने बात की तो पता चला कि आरटीओ अधिकारी बिना राशि लिए फाइल पर हस्ताक्षर ही नहीं करते हैं जिसके चलते बसें तीन दिनों से लेकर हफ्तों तक खड़ी रहती है बस की परमिट से लेकर एनओसी देने और दर्ज कराने के लिए बस और चार पहिया वाहन मालिकों को पंद्रह से लेकर पच्चीस हजार की चढ़ोतरी देनी पड़ती है कलेक्टर साहब आए थे हमसे पूछे कलेक्टर साहब ने कि आपकी क्या समस्या है तो हमने बोला कि हमने एन ओ सी बालाघाट से लेके आई है अपनी गाड़ी की और गाड़ी लाएं बालाघाट से तो कलेक्टर साहब ने बोला क्यों क्यों नहीं हो रही आपकी एन ऐड? तो मैंने बोला पंद्रह से पच्चीस हज़ार रुपये मांगते हैं यहाँ पे और गाड़ी में कहीं ये करवा के लाओ वो करवा के लाओ आर साहब बोलते हैं और ऐसा ताबत आते हैं जैसे गोली मार देंगे जी कलेक्टर साहब से किए तो कलेक्टर साहब ने तत्काल फ़ोन करे और फिर इनको कुछ बोले हैं तो तुरंत आय हुए है मेरी शिकायत ये है कि मेरी गाड़ी के आगे पाँच मिनट आगे दोनों साइड से मेरी गाड़ी चलती है अमरकंटक से समनापुर जिसके पांच मिनट आगे इनने परमिट जारी कर दिया है डिंडोरी आरटीओ द्वारा आपत्ति लगाया मैंने सब किया उसके बावजूद भी परमिट जारी कर दिया है डिमांड की जाती पैसों की यही नहीं मोटर मालिकों का यह भी आरोप है कि बड़े बस मालिकों के दबाव में छोटे बस मालिकों को ना तो परमिट मिलती है और न ही सड़कों पर बसे दौड़ने की अनुमति फोन पर ही आपत्ति दर्ज करवा छोटे मोटर मालिकों को आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाता है जिसके बाद कलेक्टर ने आरटीओ अधिकारी को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि शाम पाँच बजे कार्यालय पहुंचकर मोटर मालिकों की लंबित फाइलों को पूर्ण करने के आदेश भी दिए मेरे लड़के की नाम पे गाड़ी है चंदेल ट्रेवल्स के नाम से चल रही है वो गाड़ी मैं बेच दिया हूं। उस गाड़ी के नाम ट्रांसफर के लिए मैं कब से आवेदन कर रहा हूँ यहाँ आके परेशान हूँ तीन महीने से परेशान हूँ तीस हजार मांग रहे हैं आर साहब कह रहे हैं तीस हजार दीजिए तब नाम ट्रांसफर होगा नहीं करता नाम ट्रांसफर मैं तीन महीने से परेशान हुआ वही जिला परिवहन अधिकारी आर एस चिकवा ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि कलेक्टर ढिनोरी का उन्हें फोन आया था और जो भी समस्या मोटर मालिकों की है उससे दूर करने के निर्देश दिए हैं वही उन्होंने बातों बातों में यह भी माना कि दलालों के कारण उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मेरा करीब पाँच मिनट मेरे श्रीवाणी ऐसी बात हुई जो आरोप थे सामने जो मुझे बताया कम ने फौजी खड़ा फौजी भैया को बुलाओ अभी मैंने पूछा हमारे ऊपर कोई आरोप ऐसा तो कोई आरोप नहीं कि हाँ ये आपके नाम पे कोई अवैध वसूली कर रहे हैं इनको ठीक किया जाए एजेंट बंधुओं का बता रहे थे तो जो भी है तो उनको बाहर किया जाए नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं मेरे, मेरे यहाँ कोई ऐसा मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया हाँ तो उसका पालन करेंगे आप हमारे पास जब समस्या आज आई है बिल्कुल तो निराकरण करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का